सदा सदा करे सदा सदा करे माता पून्या मैया बात का राजा हो जाए हो जाए मैया का बात देखे को हो जाए रावी नदी से तोड़ी तोड़ी मारती है सुना था mai naam mere le ganiya bjo ho tum bole ram saafi re ki jai ho bole satya karudev ki jai ho bole basti nagar damya bhai bole gaumata ki jai ho